रोड टूटेगा ये देखने वाली बात होगी सी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फ्यूम्यो दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं हैदराबाद हाउस से इसी तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए भारत जापान संबंधों को किस तरह से कि नई ऊंचाइयों पर ले जाने के पर चर्चा यहाँ पर होती नजर आएगी नए इंडो पैसेफिक प्लान का जापानी पी जो है वो जिक्र कर चुके हैं भारत और जापान के संबंधों की बात करें तो जापान उन देशों में शामिल है जिनके साथ लंबे समय से भारत का बेहद सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं वैश्विक मसलों पर वैश्विक चुनौतियों पर सवालों पर दोनों देश अक्सर एक साथ खड़े नजर आते हैं और एक लंबे रिश्ते की दोस्ती की सम्मान की सहयोग की जो बानगी है वो इस वक्त हम यहाँ देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर हैदराबाद हाउस से इसी तस्वीरें हम देख रहे हैं जापानी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात दो दिवसीय भारत दौरे पर जापानी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कैसे भारत से ज्यादा सहयोग चाहते हैं प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों ही देश चर्चा करते नजर आएंगे अमृतपाल हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं अमृत पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं हम हैदराबाद हाउस से इस वक्त देख रहे हैं कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश आपसी सहभागिता और साझेदारी की एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ और जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है तो प्रधानमंत्री राजघाट से अभी लौटे हैं वहाँ उन्होंने फूल अर्पण किया आ, महात्मा गांधी की समाधि पे और उसके बाद अभी आ, वो आ, इस वक्त हैदराबाद हाउस में है जो आप विजुअ विजु चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हुए हैदराबाद हाउस के कॉरिडोर में आ, अब दोनों नेता इस कॉरिडोर में एक जनरली क्या होता है कि हमने देखा अक्सर देखा है कि नेता अराइव करते हैं उसके बाद एक हैंडशेक होता है और तुरंत डेलीगेशन लेवल टॉक्स के लिए आ, चले जाते हैं पर यहां हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री फूमियो के शिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉरिडोर में टहलते हुए और बात करते हुए ये एक इनफॉर्मल सेटिंग में दोनों प्रधानमंत्री आपस में बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स जब बंद कमरे में बात होगी डेलीगेशन लेवल फॉर्मल टॉक्स होंगी तो उसका फॉर्मेट एक फॉर्मल